बॉडी ऑफ डू वाई लुप बिफोर चेकिंग कंडीशन चेकिंग कंडीशन से पहले एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है उसके बाद चेक करता है कंडीशन ट्रू हो तो रिपीट एग्जीक्यूट करते रहता है देखिए डू उसके बाद चेकिंग कंडीशन चेक कर रहा है तो फ्लोट शार्ट देख रहे हैं हम लोग बॉडी टू डू आई लूप फिर कंडीशन एक बार करेगा कंडीशन ट्रू होगा तो फिर बॉडी में जाएगा अगर फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा वीडियो सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना